नमस्कार और क्या है समाचार मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्लो राइडर तो गाइस मैंने और जयंत ने अभी हाल फिलहाल में एक राइड करी थी यहाँ से दिल्ली की तो हुआ ऐसा कि उसको कुछ काम था दिल्ली में तो हम गए थे बट जो हमारी वीडियो हुई तो उसके साथ हमारे में हो गया घोचा अब घोचा किया हुआ तो चाचा जी ऐसा हुआ कि माइक तो हम सेट किए थे पर उसका वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम उसमें कहीं कहीं वॉइस ओवर किए हैं और कहीं कहीं अपना म्यूज़िक है तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को That lights in my hand aren't shining.